दोस्तों इस वीडियो में कल्याण मुंबई न्यूज़पेपर रहेगा ठीक है चौदह तारीख को स्टार्ट था कल्याण मुंबई न्यूज़पेपर सबसे पहले बात करते हैं इसमें दिखाए गए कार्टून की जो कि एक सौ एक परसेंट जिसमें से जोड़ी पास होती है ऐसा उसका मानना है अंग पर आधारित है कार्टूनिस्ट जोड़ी तो स्क्रीन ले सकते हो आप लोग दूसरा इसका ये है साप्ताहिक जोड़ी इस बार सप्ताह भर की पूरे हफ्ता में दो जोड़ी है 43 और 69। एक कल्याण के लिए एक मिलन नाइट और मेन के लिए छः अंक वालों के लिए दो सात चार नौ तीन आठ की ओटीसी लाइन और बारह पेनल हैं बारह जोड़ी है पूरे सप्ताह भर के लिए एक से लेकर दस तक के अंकों के खास कार्ड ठीक है साप्ताहिक अंक में कल्याण मैन में, में एक और छः साप्ताहिक बुलेट जिसको चाहिए वो एक छः फॉलो कर सकता है इन अंक और पैनल और जोड़ी के साथ ठीक है हाफ रेड में अगर होती है तो सोमवार मंगलवार बुधवार तीन दिन में थर्टी एट फोर्टी नाइन वन सिक्स के साथ दी हुई है पूरे हप्ताहर में एक जोड़ी सेवन सेवन और फोर नाइन जो सिर्फ एक अंक फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए पांच जेकपोर्ट है पर डे आप ट्राई कर सकते हैं मंडे एट ट्यूसडे नाइन बेनजडे फाइव थर्सडे सिक्स फ्राइडे सेवन और सैटरडे फोर शुक्रवार के दिन स्पेशल जोड़ियों में छह जोड़ी रहती है डबल जीरो फाइव जीरो सेवन फोर डबल थ्री सिक्स एट सेवन सिक्स बेनजडे यानी बुधवार डबल सिक्स और फाइव बन की जोड़ी और उन अंकों से नीचे भी दी हुई है ठीक है तो ये इस तरह इसका साप्ताहिक बुलेट का चांस है जिस भाई को चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकता है देख ले अपने हिसाब से ठीक है ये ओ लाइन है जो सिर्फ ओ प्ले करते हैं ओनली फॉर ओपन उनके लिए ये है साथ में कल्याण और मेन के लिए भी ओ लाइन दी हुई है तीन अंकों वालों के लिए पर तीन अंक और उन अंकों से जोड़ी पैनल नीचे दिए हुए हैं ठीक है कल्याण और मिलन और साथ में साप्ताहिक जोड़ी इस वीक की जबरदस्त जोड़ियों में कल्याण में है नाइन्टी सिक्स पैनल के साथ चार सौ पचास तीन सौ तीस और में मिलन नाइट कल्याण नाइट में थर्टी एट एक सौ बीस एक आठ नौ ठीक है फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही इसके जो भी पेज है आप लोग अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बेस्ट ऑफ लक थैंक यू